दो गए। दो गए। तो चमारी कर देने वाले थे। आजा आजा आजा आजा दादा। तो मारो जो तसना। हाँ। आजा आजा आजा आजा दादा। चमारी जाता है कि। आजा आजा आजा आजा दादा। मैं मारूंगी आपको। हाँ। मारूंगी। इसे मुँह को मारूंगी जेलियाँ। लेफ्ट लेफ्ट मारो मारो मारो। हाँ। अपन समझ समझ गई गई चलो लड़ो, लड़ो आंटी से लड़ो मार मार मार मार पेट से मारो हाँ मार और मार और मार मारो मारूंगी हाँ मारो मारो और मारो दुश्म कर दो कर हाँ, दो तो हाँ, करो करो और करना और गुस्सा इधर इधर आके आके करो पास में आओ आओ पास में ना बहुत तो तो मारेंगे हाँ मारो इन करना देख लो ना समझ जाती